हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल वायरल दीप पे 100 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करे वो भी एक से दो दिन के अंदर वैसे मेरे को अपना चैनल बनाए हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं लेकिन जो सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आए हैं वो सिर्फ एक ही वीडियो से आए हैं अब मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने YouTube चैनल पर किस टाइप की स्टार्टिंग में वीडियो डाल सकते हैं जिससे आपके चैनल पे काफ़ी सब्सक्राइबर आ जाएंगे जैसे कि मेरे चैनल पे आया था आप इस टाइम YouTube शॉर्ट्स काफ़ी चल रहा है जो कि वायरल भी हो रहे हैं काफ़ी शॉर्ट्स तो आप शॉर्ट्स वगैरह अभी उस पर डाल सकते हैं जिस कैटेगरी का आपका चैनल है अगर एजुकेशन का है तो उस पर एजुकेशन शॉर्ट्स डाल सकते हैं रोस्टिंग चैनल है तो आप रोस्टिंग शॉर्ट्स कुछ उठा के डाल सकते हैं उस पर वो आपका ओरिजिनल शॉर्ट्स होना चाहिए और मैंने अपने इंस्टाग्राम से कुछ शॉर्ट्स रील्स uh, उठा के इस यूट्यूब uh, पर डाला था जिसके ज़रिए मेरे यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे वो भी एक ही शॉर्ट्स से तो बस यही था कैसे मैंने अपने चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट करे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए अन्यथा डिसलाइक करिए और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स शेयर करिए धन्यवाद